हेलो तो भाई मेरा नाम है रिश्तीत और आप सबों का इस चैनल पे स्वागत है तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में हम एक वन प्लस बट जी का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्योंकि इसे यूज़ करते हुए मुझे कम से कम एक महीना हो गया और इसके बाद इसमें मैंने मुझे क्या क्या मतलब इशू नोटिस हुआ क्या क्या इसका बग्स है या फिर क्या क्या इसका प्रॉब्लम्स है और क्या क्या मतलब प्रो एंड कॉन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या मुझे इसमें अच्छाइयाँ लगी और क्या इसमें मुझे बुराइयाँ लगी ठीक है तो तो चलिए इसको पहले मैं ना ओपन कर लेता हूँ तो ओपन हम करते हैं और इसका मैं कुछ हाईलाइट फीचर्स को भी बता दूँ जैसे इसमें फ़ोर्टी नॉइज़ कैंसिलेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे 40 डिबी तक नॉइज़ कैंसिलेशन है तो नॉइस से मुझे ना एकदम अमेजिंग लगा बहुत ही अच्छा लगा नॉइस कैंसिलेशन इसके बाद इसमें ना ENC 3 माइक का नॉइज़ कैंस नॉइस रेड्यूस दिया है मतलब तीन माइक का, का सेटअप दिया है इसमें इसके बाद इसमें डोल एलेवन एन का डायनमिक ड्राइवर दिया हुआ है जो बेस की बात करें तो अमेजिंग है मस्त बेस है जो हमारे इंडियंस को पसंद आता है एकदम तो धम्पिंग बेस्ट जिसे कहते हैं इसके बाद, इसके बाद इसके बाद थर्टी एट आवर्स की बैटरी बैकअप यार इसके बाद मैं बताता हूँ इसके बाद आई फिफ्टी फाइव का वाटर एंड स्पिट रेजिस्टेंस है और इसमें नाइन्टी फोर एम का अल्ट्रा लो लेटेंसी है तो ये जो है ये वन प्लस में ही सपोर्ट करता है बाकी इस बड्स को हम एंड्रॉयड आईफोन किसी के साथ भी, भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको फैले तो मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ तो ये जब हम लेते हैं बाय करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का रहता है आपको देखने को मिलेगा तो इसमें क्या क्या होता है मैं पहले मैं दिखा देता हूँ इसको जैसे इसको जैसे ये ना निकालते हैं तो ये पहले मेरा ना ये इसका केस निकल गया और इसमें और क्या क्या है मैं दिखाता हूँ तो इस पर इस पर केस रखा हुआ होता है और इस पर एक ना एक छोटा सा ज्ञान की बुक्स है इसमें और क्या क्या है देखते हैं ये रेड रेड क्लर केवल का एक कार्ड दिया हुआ है इसके बाद इसमें कुछ और भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन लगता है कि क्या क्या है इसमें हाँ तो इसमें एक ना रेड केबल है ठीक है जो वन प्लस का जो फेवरेट है इसके बाद टू पेयरस इसमें एयर टिप्स है जो आपके कानों के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके बाद इसमें कुछ ना डॉक्यूमेंटेशन है ठीक है जो बेकार वेकार की है पढ़ते तो कोई भी नहीं अभी के टाइम में ठीक है जैसे आता है इंसर्ट के पेयर गया और सुनना स्टार्ट हो गया तो ठीक है मैं इसको ना साइड में रख देता हूँ अभी तो बात करते हैं मैं ना बात करता हूँ मैं असली कंटेंट के बारे में ये जो वन प्लस बड जी है वन प्लस बड जी की मैं ना पहले इसको पेयर कर लेता हूँ मैं अपने लैपटॉप से क्योंकि मोबाइल से मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो इसको कि इसमें ना दो बर्ड्स है जिसका हम ना अभी साउंड क्वालिटी भी आप लोग के साथ शेयर करूँ कि साउंड क्वालिटी कैसा है इसका और इसमें वन पेयर जैसे कि इसमें ना बड्स है एयरबड्स uh, है जिसके बाद हम ना इसको फाइनली वेयर कर लेता हूँ तो वेयर करने के बाद ओ oh गॉड ये मेरा पेयर हो गया मेरे लैपटॉप के साथ जिसको एक बार थोड़ा सा टैप करके रखेंगे जिसपे एकदम जो फुल्ली नॉइस केंसेसन है ना वो एक्टिव हो गया फिर से इसको टैप करके रखेंगे तो ये ना मतलब uh, ट्रांसपेरेंसी में चला गया ट्रांसपेरेंसी मोड में तो इसके बाद इसके केस की बात करें तो केस में इसके है ये है टाइप सी टाइप सी जेक इसके बाद यहाँ पे एक बटन भी दिया है जो इस केस को रीसेट करने के लिए या फिर पेयर करने के लिए दिया गया है इसके सामने एक एलईडी है जो हमारी ना बैटरी परसेंटेज को शो करता है कि हमारी बैटरी अभी कितना चार्ज है जिससे टेन में केस का जो बैटरी है वो टेन में आ जाता है तो क्या होता है ना कि आ, रेड सिग्नल देता है रेड लाइट देता है जैसे अभी ग्रीन ग्रीन है ना तो अभी ग्रीन है तो इसमें क्या ना कि अभी चार्ज है टेन मतलब टेन परसेंट अब इसमें चार्ज है मतलब करीब हमने इसे चार पाँच दिन पहले चार्ज किया था और मैंने ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुना तो और कुछ कॉल्स भी मैंने ले ली तो इसमें अभी एट्टी चार्ज बचा हुआ है तो मैं ना इसको फाइनली मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आपको मैं कुछ म्यूज़िक सैंपल सुनाता हूँ जो एनसीएस का है बाकी अगर आपको कुछ ऐसे बॉलीवुड म्यूज़िक का फिर कुछ ऐसे भी आपको पसंद है कि भोजपुरी म्यूज़िक या फिर धंपिंग बैस वाला अगर म्यूज़िक आपको चाहिए तो आप हमें ना इस कमेंट कीजिए तो उसका जो पोस्ट है मैं ना इंस्टा पर अपलोड कर दूँगा तो चलिए मैं न कुछ म्यूज़िक सैम्पल सुनाता हूँ आपको एक चीज़ इसमें अच्छा लगा कि जैसे मेरा यूट्यूब से सॉन्ग बज रहा है तो ऑटोमेटिक पॉज हो गया तभी तो मैं सुन ही रहा था जैसे मैंने इसको गानों से निकाला तो ये जो म्यूज़िक है मतलब और फाइनली पॉज हो गया फिर जैसे मैं इसको वेयर करता हूं तो ऑटोमेटिक चलने लगता है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वन प्लस में तो ठीक है तो मैं सुनाता हूं एक सी आपको सुनाता हूँ फिर से देखिए इसका मैं पहले माइक निकाल लेता हूँ अपने वॉल्यूम को फुल करता हूं तब आपको ना नोटिस आपको नोटिस कर पाएंगे कि हाँ कैसा इसमें म्यूजिक क्वालिटी है तो ये सुनिए जो भी कर रहा हूँ गैस आपके सामने लाइव कर रहा हूँ कोई ये फेक वीडियो नहीं है तो फिर से मैंने इसको वेयर कर लिया और मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी अच्छा लगा इसके बाद मैं से फिर से वेयर कर लेता हूँ तो ये चीज़ मुझे वन प्लस की इस इयरबड में मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो बाकी इसकी हम बेस क्वालिटी की बात करें तो एकदम यार धम्पिंग बेस है अपना अपना बेचिएगा अगर आपको अगर आपको ये मतलब अच्छा धम्पिंग बेस वाला एयरबड चाहिए तो इसके साथ आप जा सकते हैं कोई इशू नहीं है ठीक है इसके बाद इसके इसका जो प्राइस की बात करें तो प्राइस की 5999 तो ये जो मेरा कपड़ा है तो मैंने इसे ना फाइनली मैंने जीएसट मनी से लिया है तो ये फिर मेरा यार ईएमआई पे मैं लिया हूँ तो भाई इतना बड़ा भी मेरा अभी कुछ सेटअप नहीं है जो मैं ना मतलब पैसे दे करके मैं ले सकता हूँ ठीक है इसलिए मैंने ना सिर्फ आप लोग के लिए ये मैंने ना ई एम लिया और आप लोग के सामने ये मैंने इसका रिव्यू दिया तो गाइस आप बताइए इस ईयरबड के बारे में कि अगर आपको अगर आपको कोई भी कंसर्न अगर कोई भी इशू है या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न है इस इयरबड के बारे में तो आप फाइनली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट टाइप कीजिए बाकी मैं इसका ना बाइंग लिंक में न आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो वहाँ से आप जा करके बाई कर सकते हैं इसे बाकी गाइस इस इयरबड की बात करिए एक सिंगल चार्ज में करीब चार घंटा तो चल ही जाता है मेरे पास क्योंकि चार घंटा मैं कंटिन्यूस म्यूजिक सुनता हूँ वो भी एकदम नाइन्टी नाइन्टी प्लस वॉलीम है ठीक है तो यार मतलब क्या मज़ा आता है यार इसमें ओ माई गॉड इसके बाद इसके बाद इस केस की के बात करते तो केस में जब डाल देते हैं ये खुद बाई डिफॉल्ट चार्ज होता है लेकिन एक चीज़ और इसमें मुझे अच्छा लगा कि यार 10 मिनट के चार्ज में पूरे दस घंटे का प्ले प्लेबैक टाइम है यार कि हम दस दस मिनट इसको चार्ज किया एयरबड को तो दस घंटे का प्लेबैक टाइम तो फाइनली आपने इसका जो एनसीएस म्यूज़िक जो है नोकॉपी राइट म्यूज़िक तो इसका आपने सैम्पल देख ही लिया कि ये कैसा इसका ये साउंड इसका ओवर कैसा आता है इसका अगर क्वालिटी की साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो यार बहुत अच्छा है मतलब हम इसको अगर रेट करूं तो दस में तो नौ पॉइंट में दे ही सकता हूँ बाकी इसका मुझे और एक चीज़ अच्छा लगा कि कभी कभी क्या होता है कि इसका ना राइट right ईयरबड का बैटरी जल्दी रिड्यूस हो जाता है ठीक है बाकी और तो मुझे इस एयरबड में कुछ खास नोटिस नहीं हुआ बाकी अगर आपको ये चाहिए तो आप मैं ना इसको इसका जो बाइंग लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा आप वहाँ से जा कर के इसे बाइक कर सकते हैं इसके बाद आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अपने सेटअप पर जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कि मेरा सेटअप जो है रोड किनारे है मेरा जो सी है मेरे रोड किनारे है मेरा सी तो वहीं से मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कई अभी बहुत सारी गाड़ियाँ इधर से उधर जा जा रही है तो हो सके आपको कुछ नॉइस का सामना करना पड़े तो इसके लिए आई रियली सॉरी फॉर देट बिकॉज़ मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसा मतलब प्रोफेशनल सेटअप नहीं है तो मैं ना जहाँ पे मुझे मिलता है वहीं पे मैं सेट ये वीडियो शूट कर लेता हूँ तो आप लोग का अगर प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो जल्द से जल्द मेरा एक ना प्रोफेशनल सेटअप भी होगा लेकिन हाँ जब तक आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाओ तब तक, तक कुछ भी नहीं होगा तो फाइनली अब आप, अगर आपको इसके बारे में कोई भी कंसर्न या फिर कोई भी इश्यू है तो फाइनली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर अगर, अगर आपको कंपेरिजन देखना है इसका और रियल मी जो एयरबड 2 है उसका अगर कम्पेरिजन देखना है तो इसके बारे में आप कॉमेंट कीजिए मैं उसका भी वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा तो फाइनली गाइज आज का वीडियो बस इतना ही तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो जय हिंद जय भारत